दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अब आप अपना चरित्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं इसका बनाने का बहुत आसान सा तरीका है जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा यह सब जानकारी इस चरित्र प्रमाण पत्र में लिखी होती है तो चरित्रमाण पत्र को आचरण प्रमाण पत्र भी कहा जाता है तो चलिए दोस्तों हम इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको यूपी कॉक एप्लीकेशन सर्च करनी है ये उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्निकल सर्विस है यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड कर रखा है और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन इस तरीके से ये दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यू कॉप एप्लीकेशन का इंटरफेस इस प्रकार से है यहाँ पर आपको हमने पहले बता चुके हैं कि यू कॉप आप किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं इस पे आप कई तरीके की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जैसे शिकायतें हैं तो आप देख सकते हैं वरिष्ठ नागरिक शिकायत दिव्यांग की शिकायत सूचना वगैरह साझा करना अनुमतियाँ जुलूस अनुरोध के लिए विरोध हड़ताल अनुरोध कार्यक्रम प्रदर्शन फिल्म शूटिंग तो यहाँ पे कई चीज़ की अनुमतियाँ भी आप ले सकते हैं अब जैसे सेवाएं हैं तो इसमें कई प्रकार की सेवाएं भी हैं तो सेवाओं पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पर जिसका पचास रुपये पेमेंट कटता है और घरेलू सहायता सत्यापन इसका भी पचास रुपये पेमेंट कर्मचारी सत्यापन किराएदार सत्यापन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यहाँ पे जो सेवाएं हैं वो दी गई हैं सूचना वगैरह तो आप दे सकते हैं नज़दीकी पुलिस थाने को आप जान सकते हैं चोरी बरामद वाहन अज्ञात सौ लापता व्यक्ति इनामी अपराधी कई तरीके की इसमें सेवाएं हैं जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि आप चरित्र प्रमाण पत्र किस प्रकार से आप अपना बना सकते हैं जिससे कि कोई पुलिस का कोई केस वगैरह आप पर नहीं है या चरित्र प्रमाण पत्र कहीं कहीं जगह मांगने भी लगते हैं कहीं नई जॉब पर जाएंगे तो आपसे चरित्र प्रमाण पत्र की डिमांड की जाती है तो चलिए किस प्रकार से ये बनता है हम आपको आज बताएंगे तो इसके लिए आप ये सेवाएं इस पर क्लिक करें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र इस पर आप क्लिक करें यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है तो आपने जो लॉगिन पासवर्ड बना रखा है तो ये आपका लॉग आपके मोबाइल नंबर से ही होगा और उस पर एक ओ आएगा तो चलिए दोस्तों हम लॉग कर देते हैं जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ओ प्राप्त करें तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा तो देखिए दोस्तों ओटीपी आ चुका है उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर देना है दर्ज करने के बाद सत्यापित करें इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये फॉर्म चरित्र प्रमाण पत्र का खुल करके आ गया तो आप ऊपर देख सकते हैं चरित प्रमाण पत्र अब अनुरोध के लिए आप सामान्य अपने लिए बना रहे हैं या कोई ठेकेदार की ओर से आप बना रहे हैं या कोई ठेकेदार आपका आवेदन करना चाहता है तो आप उसी प्रकार से इसको भर सकते हैं तो चलिए हम एक नॉर्मल सामान्य बनाना है अमूमा सामान ही होता तो हम इस सामान्य पर क्लिक रहने देंगे और ये देख सकते हैं आप मूल विवरण यहाँ पर आप ये देखें कि आप स्वयं का बना रहे हैं कि दूसरे की ओर से आप बना रहे हैं कोई कोई लोग दूसरे का भी बना देते हैं तो इसके लिए आप जिसका भी बना रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो चलिए हम दूसरे का बना रहे हैं तो हमको यहाँ पर दूसरे पे क्लिक कर देना है और जैसे ही हम दूसरे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है तो जो भी उसका नाम हो आप यहाँ पर उसका नाम दर्ज कर दें तो दोस्तों देख सकते हैं हमने उसका नाम दर्ज कर दिया है उसका मोबाइल नंबर जो भी उसका मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पर दर्ज कर दें तो चलिए दोस्तों हम उसका मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद अगर उसके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप यहां पर दर्ज कर दें ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद अब आपको यहां पर उसके पिता का नाम दर्ज करना है जो भी उसके पिता का नाम हो और उसकी आयु तो यह आप ये साइड में देख सकते हैं ये कैलेंडर इस पर आपको क्लिक करना है कैलेंडर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी उसकी आयु हो बीस साल पच्चीस साल जो भी हो आप यहाँ पर उसकी आयु को दर्ज कर दें उसके बाद आप देख सकते हैं लिंग यहाँ पर पुरुष है महिला है या ट्रांसजेंडर जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है तो चलिए पुरुष है हमने पुरुष पे टिक कर दिया है उसके बाद उसका वर्तमान पता जो भी उसका पता हो जहाँ का रहने वाला हो यहाँ पे उसको दर्ज कर देना है उसके बाद उसका जिला जो भी ज़िला हो यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे सारे जिले आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के जो भी हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अब उसका यहाँ पर पुलिस स्टेशन जो भी लगता हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है थाना उसका जो भी हो तो हमने थाना चुन लिया चुनने के बाद आप देख सकते हैं ठहरने की अवधि तो जितने साल से भी वो मान लीजिए वहाँ रह रहा हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको साल दर्ज कर देना है या जन्म से है तो जन्म से दर्ज कर देना है उसके बाद आप देख सकते वर्तमान पते के समान स्थाई पता और यहाँ पर क्या आपके पास देश के किसी भी हिस्से में आप या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक रिकार्ड या कोई आपराधिक कार्रवाई है अगर है तो आप हाँ करें और अगर नहीं है तो नहीं पे ट्रिक रहने दें अगर हाँ कर देंगे तो शायद ही प्रमाण पत्र आपका बन पाए इसके बाद पासपोर्ट फोटो तो यहाँ पर अब आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देना है तो चलिए दोस्तों हम एक अपनी फोटो अपलोड कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फोटो अपलोड कर दिए अपलोड करने के बाद ये आप देख सकते हैं मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है उसके बाद यहां पे आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं जमा करें इस जमा करें पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं ये जमा करने पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से सर्चिंग होगा जब ये सर्चिंग हो जाएगा तो आपका एक भुगतान संख्या अनुरोध संख्या एक जनरेट हो जाएगी तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ गया है धन्यवाद आपके चरित्र प्रमाण पर अनुरोध संदर्भ संख्या के साथ जमा किया गया तो आप ये देख सकते हैं भुगतान करें इस भुगतान करें पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको पेमेंट गेट पर ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा इसको आपको क्लोज कर देना है जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपका पूरा डाटा भर करके आ जाएगा और ये आप नीचे देख सकते हैं पेमेंट इस प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है पचास रुपये पेमेंट कटवाने के बाद अब आपको मीनू पर आ जाना है आप ये देख सकते हैं अपनी अप्लीकेशन की स्थिति खोजें इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से नजर आएगा यहाँ पर आपको सेवा का प्रकार चुनना है तो आपने जो भी बनाया हो आप उस सेवा का प्रकार यहाँ पर चुन सकते हैं तो हमने चरित प्रमाण पत्र बनाया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ई एफ आई आर घरेलू सहायता चरित्र प्रमाण पत्र तो आपने जो भी सर्विस चुनी हो उस सर्विस को यहाँ से क्लिक कर देना है तो चलिए हमने चरित्र प्रमाण पत्र चुना है तो हम चरित्रे क्लिक कर देते हैं उसके बाद सन आपने जो भी सन में बनाया हो दो हज़ार पुराना से पुराना आप देख सकते हैं हमने 2022 में बनाया तो वो हम सन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्वीकृत और आप देख सकते हैं आवेदन संख्या भी है यहाँ पर और किस दिन जारी हुआ ये सब यहाँ पर आ गया तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्राप्ति सूचना डाउनलोड करें और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें तो आप इनमें से दोनों में से एक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं सत्यापन की प्रक्रिया यहाँ पर अगर आपका जब चलित प्रमाण पत्र बन जाएगा तो पूरा हुआ जो लिखा है ये इस पे राइट का निशान लग जाएगा अगर आपका अस्वीकृत होता है तो ये आप देख सकते हैं रेड कलर से क्रॉस का निशान ये बन करके आ जाएगा और स्वीकृत हुआ तो ये साइड पर एक पी फाइल स्वीकृत होकर के आ जाएगी और दोस्तों आपको ये बता दें ये थाना आपके था संबंधी थाना में जाएगी वहाँ थाना से जो है एल यू ऑफिस वगैरह वो लोग आपको फ़ोन करके बुलाएंगे बुलाने के बाद जब वो जांच कर लेंगे तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र पी फाइल में भेज देंगे तो आपका इसी पे देखिए ये पीडीएफ फाइल लगी हुई है यहाँ पर आ जाएगी तो अब आप अपना रसीद डाउनलोड करके देख लें आपने जो आवेदन किया है उस आवेदन पर हमने क्लिक किया क्लिक करने के बाद आप इसको पी फाइल पर खोल करके देख सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस फतेहपुर तो यहां पर आपने जो भी आवेदन किया तो आवेदन संख्या यहां पर आ जाएगी उनका नाम किस डेट को किया है ये यह यहां पे सब सारी डिटेल उनकी आ जाएगी उसके बाद इसके बाद आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र डाउनलोड करें तो अब आपको दिखाते हैं कि आपका प्रमाण पत्र किस प्रकार से दिखेगा तो इस पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद इसको भी पी फाइल पर ओपन करें जैसे ही आप इस पर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन करके आ गया है अब आप इसमें इस, इस चरित्र प्रमाण पत्र को देख सकते हैं और इसका सिर्फ मात्र पेमेंट पचास रुपये अब आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं चाहे सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो जहाँ भी आप जॉब करना चाहें स्कूल कॉलेज वगैरह कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको बताऊँगा ये केवल सिर्फ एक साल के लिए ही मान्य होता है अगर आपको सन चेंज हो गया और अगर आपको एक साल के ऊपर हो चुके हैं तो आपको दोबारा ये फिर बनवाना पड़ेगा दोस्तों तो आशा करता हूं दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद